दोस्तों नमस्कार मैं नीरज कुमार आज जो मैं आपको दृश्य दिखाने जा रहा हूं यह दृश्य जमशेदपुर जुसलाई विधानसभा क्षेत्र छोटा गोविंदपुर की विचित्र समस्या है दोस्तों कहने को तो सरकारी विद्यालय आदर्श विद्या निकेतन हाई स्कूल जहां मिडिल स्कूल और हाई स्कूल दोनों ही चलता है मिडिल स्कूल प्राइवेट और सरकारी स्कूल हाई स्कूल लेकिन विद्यालय की गरिमा किस तरह धूमिल किया जा रहा है और किस तरह का विकास है यह देखने लायक चीज़ है विद्यालय का विकास उचित ढंग से वर्षों से तो हुआ नहीं और साथ ही विद्यालय के चारों साइड का जो घेरा बाउंड्री होता है उस बाउंड्री का मरम्मत भी आज तक नहीं हो पाया है जस का तस बाउंड्री घेरा और बाउंड्री बाउंड्री का ईट भी गायब हो चुका है देखने से लगेगा कि स्कूल नहीं अखंडर विद्यालय चल रहा है जबकि यहाँ सरकारी विद्यालय में भी फंडाता ही होगा और तो और स्कूल के बगल में एक मैदान है जिस मैदान का अतिक्रमण दिन प्रतिदिन होते जा रहा है मैदान में का जो दृश्य स्वच्छता अभियान की धज्जियां और आती यह दृश्य चारों साइड गंदगी का अंबार पड़ा हुआ किसी क्षेत्र में टेंट हाउस के द्वारा तो किसी तरफ खटाल के द्वारा लेकिन मैदान का दिन प्रतिदिन अतिक्रमण होते जा रहा है जबकि वहाँ के अगल बगल जनता या बच्चे उस मैदान में स्पोर्ट्स का आनंद लेते थे और साथ ही साथ स्कूल के द्वारा भी अगर किसी फंक्शन का आयोजन किया जाता था तो उसी मैदान में किया जाता था उसके बाद भी असामाजिक तत्व के द्वारा उस मैदान का अतिक्रमण करने में कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है विद्यालय का विकास हो या स्पोर्ट्स मैदान का विकास गंदगी और अतिक्रमण देख साफ पता चलता है कि क्षेत्र के प्रतिनिधि के द्वारा हो या जनता की जागरूकता हो या साफ इस नज़ारा से पता चलता है अगर जागरूकता की कमी की वजह से विकास का दशा दृश्य यह नज़र आ रहा है जबकि इस क्षेत्र की जनता के द्वारा चुनाव में वोट भी दिया जाता है और जनप्रतिनिधि जीतते और हारते भी हैं और जनप्रतिनिधि बदलते भी हैं फिर भी इस क्षेत्र का विकास में कोताही किया जाता है दोस्तों समझने की चीज़ है धन्यवाद नमस्कार दोस्तों जय